हेलो फ्रेंड्स मैं सचिन फ्रेंड्स अमेज़न से जब आप कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो वहाँ पे आप जो अपना एड्रेस डालते हैं अगर वो आपको अपना एड्रेस चेंज करना है या फिर वो डिलीट करना है कोई न्यू एड्रेस ऐड अड़ करना है तो आप कैसे करेंगे उसके लिए आप अमेज़न ऐप पे जाएंगे यहाँ जाने के बाद आप फ्री लाइन पर क्लिक करेंगे फिर आप अकाउंट पर क्लिक करेंगे अकाउंट पर क्लिक करने के बाद योर एड्रेस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन आ रहा है ऐड ए न्यू एड्रेस अगर आपको न्यू एड्रेस करना है तो आप ऐड ए न्यू एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपना न्यू एड्रेस ऐड कर सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देंगे और सारी इन्फॉर्मेशन फ़िलअप करने के बाद लास्ट पे आप इस एड्रेस को अगर डिफ़ॉल्ट एड्रेस बना बना सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद अगर लास्ट में आप इस एड्रेस को डिफ़ल्ट एड्रेस बनाना चाहते हैं मीन्स कोई भी प्रोडक्ट आए तो इसी एड्रेस पर आए तो आप इस मेक दिस बाई मेक दिस माई डिफॉल्ट एड्रेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप एड्रेस टाइप पे जाएंगे नीचे की तरफ यहाँ पे फ्रेंड्स ये आ रहा है होम कि सुबह नौ बजे से रात के नौ बजे तक डिलीवरी के लिए आप कोई ऑफिस का एड्रेस भी दे सकते हैं वो सुबह दस बजे से शाम के छः बजे तक डिलीवरी के लिए जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी डिलीवरी के लिए आप यहाँ से भी ये एड्रेस टाइप दे सकते हैं उसके बाद आप यहां से इसको एड add एड्रेस कर देंगे एड्रेस को ऐड कर देंगे तो फ्रेंड ये आपका न्यू एड्रेस एड हो जाएगा और डिफ़ॉल्ट वो इसी एड्रेस पे कोई भी प्रोडक्ट आएगा आपके जो पहले से एड्रेस हैं अगर आपको वहां से उसी में कुछ अपडेट करना है तो आप उस एडिट वाले ऑप्शन पर जाएँगे यहाँ एड्रेस में कुछ भी जो भी आपको अपडेट करना है आप अपडेट कर सकते हैं और जो पहले से ऑलरेडी ये सेव एड्रेस हैं आप इनको भी मेक दिस करके माई डिफॉल्ट एड्रेस बना सकते हैं और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ये होम और ऑफिस के अकॉर्डिंग ये टाइमिंग इस टाइमिंग ये प्रोवाइड कर सकते हैं कि और इसमें भी आप एड्रेस टाइप में होम वो होम एड्रेस है या ऑफिशियल एड्रेस दिया है आपने और तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ दे सकते हैं फ्रेंड्स अमेजन से कोई भी ऑर्डर करने के बाद आप एड्रेस चेंज नहीं कर सकते जिस एड्रेस पर आपने उसको मंगाया है उस प्रोडक्ट को वो उसी एड्रेस पर आएगा अगर आपको ऑर्डर करने के बाद एड्रेस चेंज करना है तो फ्रेंड उस कंडीशन में आपको अपना ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा और दोबारा से उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना होगा फ्रेंड यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए कोई क्वेरी हो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू